सोच हमेशा ऊंची होनी चाहिए इसीलिए मैं छत पे आकर सोचता हूँ यार भैया यार ये एड्रेस किसी को नहीं पता सबको पूछ लिया आपको पता है क्या हाँ हाँ हाँ लेकिन भैया हा, पैसे लगेंगे पैसे हाँ कितने पांच सौ रुपये बताओ यहां से आके जा लैस जाना है अब वो नोट नकली है अभी तो एड्रेस भी गलत बताया मैंने अब भाई प्लीज यार माफ कर दे बता दे यार प्लीज यार पैसे हाँ हाँ ये ये ले ये ले नोट सही है हाँ सही है तो रास्ता भी वही सही है आ, आ, आ, आ। <laughs> आज तू बिना तो तेरे कॉलेज में फोन करके बताऊंगी कि तू रोज कैसे क्रीम पाउडर पोत के कॉलेज आती है बिना नहाए। हाँ तो आपको लाइक करती हूँ बात करेगा आज मेरी दाल कुछ अजीब ऐसी नहीं बनी मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि आज, आज बहुत दिन बाद, आज, ये दाल थोड़ी कम अच्छी बनी है। अब देखना मम्मी ने क्या सुना तेरा मतलब है मुझे खाना बनाने नहीं आता आज से इतना बड़ा हो गया मेरे खाने में कमी निकालेगा इतना आज तक पाल पोस के तुझे बड़ा कर दिया इसी खाने ऐसी बड़ा हुआ है लंदन से आया मेरा दोस्त टकला मात टकला बहुत अच्छा है सुंदर है सुशील है उसे जाना था तो मैंने जाने दिया मुर्साद क्यों भाई उसे टट्टी लगी थी नेचर को नेपाल खड़ा हो जी सर का बोल अंटी, शो, शो, पहले मेरे पास एक भी आईफोन नहीं था फिर मेरे दोस्त ने कहा किडनी बेच दे अब मेरे पास दो दो आईफोन है पर दोस्त नहीं अरे बेबी देखो न्यूज में आज क्या आया है जिसके पांच बच्चे और पांच से ज्यादा अधिक बच्चे हैं उसको सरकार पचास पचास हजार रूपए महीना देगी क्या बात कर रहे हो पर अपने तो चार ही बच्चे हैं बेबी तुम बुरा ना मानो तो मेरे पास एक आइडिया है बोलो वो जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना उसके पास मेरा एक बच्चा है बेबी पचास रुपए पचास ठीक है। देवी दे मेरा बच्चा ले आया अब जाओ और एक और कहीं से और लाओ क्यों अपने तो चार बच्चे थे ना तुम अकेले न्यूज में पढ़ते हो एक जिसका था वो ले गया <laughs> तो देख में है तो आ नीचे। <laughs> यार भाई तुम तो अपने आप को बहुत समझदार समझता है ना भाई वही समझदार समझ क्या है चल मैं आज एक सवाल पूछता हूँ एक ना कुतिया थी उसके दो बच्चे थे एक का नाम था अपन और एक का नाम था टपुन और किसी वजह से ना टपुन की डेथ हो गई तो ये बता कि कुतिया का दूध कौन पिएगा भाई अपुन। अरे क्या आवाज है? इतनी ब्यूटीफुल लड़की ठंड में अकेले यहाँ पे क्या कर रही है एक्चुअली मैं ना अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हूँ जिसको मुझसे ब्रेकअप करना है पर यार मुझे नहीं करना उससे ब्रेकअप और यार क्या करूँ उसको चाहिए ना ब्रेकअप अरे वाह वो तो आ गया अच्छा कोई और है यार आशीष हमने सुनी तुम मोबाइल चोरी होगा तो वो को चार्जर हमें दे दे ना, ना भाई है। मीर भाई एक बात बताओ हांजी तुम्हें इंग्लिश आती है हाँ? चलो तो ठीक है मैं तुमसे जो वर्ड बोलूंगा ना तुम्हें उसका अपोजिट वर्ड बोलना है ठीक है गुड बैड कम गो अगली पिछली पिछली अगली शटअप यार कीप टॉकिंग दुश्मन अबे चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा अरे बोलता रहे, बोलता रहे, बोलता रहे। आ, साफ़ सापना होते पानी बनना दिखना शर्फ श्री कर नाम कॉपी को हिंदी में कहते हैं नकल वाह कॉपी को हिंदी में कहते हैं नकल इतनी गंदी शकल <laughs> क्या नाम बताया तुमने अपना अपना नाम बताया तुमसे पूछ रहा हो क्या नाम है तेरा खाले क्या खाले पान भारत तो क्या चलो हो गया <laughs> <laughs> <laughs> अंदर ही थोंक दिया तैयार हो भंडारे में गया था अंदर गया तो हलवा खत्म और और बाहर आया तो चप्पल गायब एक्सक्यूज में यस आपका बेल्ट दिख रहा है तू भी पहना तेरा भी तेरा दिखेगा तो तो भाई अपने पुष्पा वाले वीडियो को क्या लाइक जा रहा है यार अरे तो मां कसम चप्पल टूट गया अब क्या करेगा अब क्या नया खरीद लूंगा अरे इतना सदर टूटा है यार इससे अच्छा सेला लेना मोची से दस रुपए में अबे अपन को क्या आलतू पालतू समझाई क्या अपन स्टार है समझा क्या रील स्टार ऐसा सिलाई हुआ चप्पल पहन के घूमेगा क्या मैं अबे ऐसा दस चप्पल में नया खरीदूंगा समझा? चल, हट, चले मैं नया चप्पल खरीद के आता हूँ तुम लोग को शाम को मिलता हूँ हाँ चल बाय चल अपन भी कुछ खा के आते चल इसका वाड़ा पवना बहुत मस्त रहता है चप्पल टूटेगा नी ना बाद में अच्छा सीलावा क्या life, never, lie, my life, my life. अरे भैया ये बस वैशाली जाएगी भाई साहब जाएगी तो पर भीड़ हो रही है आपको ऊपर बैठना पड़ेगा चलो ठीक है भाई साहब हाँ भाई साहब अरे भाई साहब मरवाओगे क्या ऊपर तो ड्राइवर ही नहीं है आप मेरे को पहचानते हैं नहीं पहचानता हूँ मेरे मम्मी को पहचानते हैं? अभी नहीं पहचानता हूँ यार मेरे पापा को पहचानते हैं? अभी तेरे को फैमिली को नहीं पहचानता हूँ मैं तब सिगरेट दे दीजिए जनाब इसने गुखाना छोड़ दिया हाँ? <laughs> आ, आ, नहीं नहीं छोड़ा अब छोड़ दिया मतलब पहले खाता था जा रहे हैं यार। <laughs> <laughs> नंबर ही दे दे अपना तो माँ प्यो ने तुम्हें कुड़िया हो नंबर तुझे पता है रामलाल के लाल की मौत हो गई कैसे कार गुजर गई उसके ऊपर से हमारे ऊपर तो हवाई जहाज गुजर गया हमको कुछ नहीं हुआ एसीएम कौन मेरा बाप बोल रहा हूँ तमिल ऐसी बात करो तमिल ऐसी बात करो तो लो तेरी मां बोल रही हो बेटा